सबसे पहले डेटा है क्या क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो अब आप ये एसक्यूएल सर्वर है MySQL है और जितने भी माइ एसक्यूएल हैं या DBMS हैं, उसके अंदर आप डेटा को मैनेज कर तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा है क्या ठीक है जी तो सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के हमारे पास जब भी आप डेटा की बात करते हैं तो वो एक कलेक्शन होती है स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा का या इन्फॉर्मेशन का इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट नंबर्स मीडिया बाइट्स ई तो आप ये जितनी भी चीजें सुन रहे होते ना टेक्स्ट हो गया नंबर्स हो गए मीडिया है या हमारे पास बाइट्स हैं मीडिया फोटोज ऑडियो वीडियो इनको कहा जाता ठीक है तो ये तकरीबन जो है आपके एग्जाम्पल है डेटा के उसके अलावा इट कैन बी स्टोर्ड इन पीसेस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इट इी कि हम इस डेटा को इज अ आजकल का जितना भी डेटा है वो डिजिटल डेटा यानी उसको स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या देते हैं या आप समझ लो कि मेमरीज के अंदर इसको स्टोर करते हैं लाइक हार्ड डिस्क हैं यूएसबीज एस हैं है, आपके मेमरी कार्ड हैं इस तरह की जितनी भी स्टोरेज मेमरीज हैं उनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं उसके बाद ये वर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द वर्ड डेटम दैट मीन सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये डेटा वर्ड कहां से है डेटा यूएम um, आप उसके साथ जोड़ लो तो ये इसी से जो है क्या है? हुआ ऑर्गेनाइज हुआ यानी डेटम से डेटा वर्ड को क्या किया गया है ऑर्गेनाइज किया गया जिसका मकसद क्या है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज पिलोरल ऑफ वर्ड डेटम कौन सा क्लियर हो गया वर्ड का है है सही है? अच्छा अब अब सबसे पहले हमारे पास computing के अंदर या आप सब computer की जितनी भी कैलेशन आप परफॉर्म करते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन है? है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर सही है आपको नीचे एक पॉइंट मिलेगी डेटा क्या है इंटरचेंजेबल है कौन से क्लियर हो गया बेटा डेटा इंटरचेंजेबल यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता सही है जैसे के थ्रू आप उसके टेबल बना सकते हो टेक्स को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रख सकते हैं इसी टेक्स को लेकर आप डायग्राम चार्ट एनिमेशन ये बना सकते हैं ना बेटा सही है इसी तरह से हमारा क्या है डेटा वेरी होता रहता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग ठीक है जी उसके बाद डेटा कैन बी डिफाइंडेशन ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट दूसरी डेफिनेशन है कि डेटा क्या है एक रिप्रेजेंटेशन एफ फैक्ट्स की या कॉन्सेप्ट की या इंस्ट्रक्शन की हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते ना किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन चाहे वो आपकी कंप्यूटर की क्या होती है कोडिंग होती है उसमें भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना टू मेकिफिक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर तो इंस्ट्रक्शन हो गई या कोई कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को भी आप डेटा कह सकते हैं या आपका क्या होता है जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी आप क्या कहते हैं डेटा ही कहते हैं लेकिन वो एक ऐसे फॉर्म में हो फॉर्मोलाइज फॉर्म है विच शुड बी सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाई ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कम्युनिकेशन के, के, के लिए interpretation के लिए interpretation का मकसद है समझना सही है इसी तरह हमारे पास क्या है कि आपका वो data process होता है या तो humans से या तो किसी machine से कौन से clear हो गया उसके बाद डेटा इज रि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स सच एज अल्फाबेट्स ए टू जेड होते कैपिटल में या सिमॉल में या डिजिट्स होते हैं जीरो टू नाइन में इसी तरह से आपके कोई सिंबल्स कैरेक्टर्स ये सारे के सारे डेटा है ये क्या है बेटा डेटा अब डेटा के अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहते हो तो हमारे पास टेक्सट है ऑडियो है वीडियो है इमेज है एनिमेशन हैं ग्राफिक्स है ये सब के सब क्या है डेटा के एक संभल स्पेसिफिक टाइप्स है या एग्जाम्पल्स यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं डेटा uh, के बाद इंफॉर्मेशन